उसके प्यारे से चेहरे को देखकर कुछ हो गया उसके प्यारे से चेहरे को देखकर कुछ हो गया उसकी नशीली आंखों में ये दिल खो गया आज फिर वो मेरे ख्यालों में आ जाएगी आज फिर वो मेरे ख्यालों में आ जाएगी यही सोचकर हर रात को मैं सो गया झील सी गहरी नींद आपको आए झील सी गहरी नींद आपको आए चाँद सा मुकड़ा आपके सपनों में आए जब नींद से उठ के सुबह आप मुस्कुराएं, जब नींद से उठ के सुबह आप मुस्कुराएं, तो सारी खुशियां आपकी झोली में समा जाए आपके होठों पे मुस्कान भेज दूं, आपके होठों पे मुस्कान भेज दूं, आपके पास अपनी यादें भेज दूं, सोने का हुआ है वक्त अभी सोने का हुआ है वक्त अभी आपके लिए प्यारा सा ख्वाब भेज दूँ दोस्तों वीडियो की अगर आपको एक भी लाइन पसंद आई तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद